रबदा मैया बे ब तो मंजू तिवारी ना। ना। आपकी तरफ से हमारे विजय राजा मुंदेला जी के लिए एक सौ एक रूपए आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है तिवारी जी का एक सौ एक रुपया की राशि आई बहुत बहुत धन्यवाद भैया लेके झूला जन्मदिन मना रहे हैं, आज जन्मदिन मना रहे लुर आई जनता काये जुरियाई आज है ये आज, आज है आज है ललना को आज है ललना को और इसी लाइन पर प्रसन्न होकर हमारे परम सम्मान्य राकेश भैया सिमरी वाले आपकी तरफ से 500 रुपए की राशि आई है जोरदार तालियां बजाएं सिमरी वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और मुकेश राय साहब आपकी तरफ से भी एक, एक रुपए की राशि आई है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं और हमारा कहना है कि आज जन्मदिन मना रहे हैं है आई जनता आज है आज है आज है आज है, आज है तो यार गेंगे